जो के लोग बनते हैं कोई री फटी है, को है मेरी कोई बात नहीं सिल्ला तो, को, को तो बनता है, है सिल्ला तो, तो बनता है छोटे सिल्ला तो बनता है छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करता हूँ मेरा पहला रैप तुमको बर्बाद करता हूँ ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है नीचे किसी को दिखाना नहीं चाहता बस मेरी बात तुम ध्यान रखो पीछे गाली देने से अच्छा तुम सामने बहुत धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ मैं जाओ कुछ लोगों को लगता है सभी यहीं जाऊँ थैंक यू उन लोगों का भी जिन्होंने बीच रास्ते में छोड़ दिया अच्छा। थैंक यू मेरे घर वालों का भी जिन्होंने ताने मार मार के आज मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया उन लोगों का भी थैंक यू जो जानते हैं मुझसे सब चले। क्या करूँ यार वो नहीं होते तो शायद आज मैं यही नहीं होता और एक बात हमेशा ध्यान रखना जब आप बढ़ने लगोगे ना तो बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी पीछे मतना इस बात को समझ लो स्टार्ट करते हैं डी मोटिवेट कर